हेलो फ्रेंड्स जैसा कि मेरे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों मैं अपने घर से थोड़ी दूर पर आया हूं यहां का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं मेरा नाम दीपक कुमार है मैं झारखंड के सिडली का रहने वाला हूँ वर्तमान में मैं गुमला ज़िला कोनबिर गाँव में रहता हूँ तो दोस्तों मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएँ ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ थैंक यू जय हिंद